Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Meera kangna, meera kangna, meera kangna, aanchal aanchal churi ankhankar di hai. Meera kangna aanchal. कंगना झांझर चूड़ी खनखन खन करती है